आष्ठा में राजेश शिडोरकर के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी बनने पर उनका स्वागत किया गया इस दौरान विधायक सहित जिला पंचायत अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे वहीं शिडोरकर ने कहा कि गांव गांव घर घर जाकर हम चौपाल लगाएंगे और राज्य सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। आष्टा में नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी राजेशरकर का स्वागत किया गया इस दौरान आष्टा विधायक ने कहा कि पार्टी ने हमें एक ऊर्जावान कार्यकर्ता सौंपा है यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एवं मध्य प्रदेश शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक ले जाएंगे इससे पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी राजेश ने कहा कि गांव-गांव घर-घर जाकर हम राज्य सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे और जिन्हें अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन्हें यह लाभ दिलाएंगे एवं पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करेंगे मोर्चे के सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को घर घर तक पहुँचाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे इस कार्यक्रम में चाय पर चौपाल नामक संवाद कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा आज हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा की एक बैठक थी जिसमें हमारे नव पदाधिकारी जो बने हैं हमारे उदय सिंह चौहान साहब को इशावर तहसील का और पूरे विधानसभा के प्रभारी बनाया है यहां पर हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी राजेश जी सरोकर भी आए हुए थे तो हम लोग अनुसूचित जाति का हमारा जो मोर्चा है वो हमारे कैसे हमारे लोग संगठित हो और तो कैसे हम लोग आगे आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हम लोग वोट करवाएँ और इसी के लिए हम लोगों ने ये बैठक थी यहाँ पे मैं जो नए पदाधिकारी बने हैं हमारे उनके सबको मैं हाथी बधाई देता हूँ क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़े हो चाहे गरीब हो चाहे अन्य जो लोग चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों उनका उत्थान अभी तक किया है और ऐसी योजनाएं हैं जनहित की ऐसी योजनाएं हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला था कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास होगा तभी हमारे देश का उत्थान होगा और उसी चीज़ के करके लोगों ने ये बोला है कि भाई अनुसूचित जाति का जो मोर्चा है वो तो घर घर जाके हर पोलिंग बूथ पर हमारे संगठन का विस्तार करें